स्वतंत्रता दिवस सिद्दीगंज में धूमधाम के साथ मनाया गया इस मौके पर कई जगह तिरंगा ध्वज फहराया गया केमिस्ट एसोसिएशन के समारोह में डॉक्टर राजेंद्र नागर ने तिरंगा फहराया स्वतंत्रता दिवस महोत्सव में केमिस्ट एसोसिएशन सिद्धिकंज द्वारा झंडा बंदन किया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र नागर ने तिरंगा फहराया इस अवसर आरोप ओपन टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर एजुकेशन सेंटर स्वतंत्रता रैली का फूलों से स्वागत किया गया इस समारोह में शहर के गणमा ने भाग लिया स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई प्रभात फेरी का जगह जगह पर स्वागत किया गया पशु चिकित्सालय थाना सिद्दिकगंज बालिका छात्रावास ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी केंद्र वन विभाग जिला और सहकारिता समिति में झंडा वंदन किया गया पानी घंटा